शुरुआत होती है और हम विक को उसकी वाइफ मेलिंडा के साथ देखते हैं। विक की एक बेटी थी जिसका नाम ट्रेसी होता है विक और मेलिंडा आज एक पार्टी में जा रहे थे इसलिए विक ट्रेसी की देखभाल करने के लिए इसके लिए एक बेबी सीटर को आज अपने घर पर बुलाता है इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है हम देखते हैं की पार्टी में मेलिंडा को उसका विक पार्टी को एंजॉय कर रहा था विक जब अपनी वाइफ मेलिंडा को ढूंढता है तब इसे मेलिंडा घर के बाहर दिखती है मेलिंडा चोल के साथ रोमांस कर रही थी अपनी वाइफ को किसी और लड़की के साथ देख विक ज्यादा हैरान नहीं होता पार्टी में विक की एक फ्रेंड विक ऐसी कहती है कि इसने मेलिंडा और चोल को बाहर एक साथ में देखा है विक ये जानता था इसलिए ये अपनी फ्रेंड की इस बात को इग्नोर कर देता है कुछ समय बाद चोल विक ऐसी मिलता है चोल विक ऐसी कहता है की तुम कितने अच्छे आदमी हो तुम्हारी वाइफ अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ थी और तुमने उसे मेरे साथ भी देखा उसके बाद भी तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा विक कहता है कि तुमसे पहले मार्टिन नाम का एक लड़का मेरी वाइफ का बॉयफ्रेंड था लेकिन मार्टिन आज इस टाउन से गायब है और मार्टिन क्यों गायब है ये जानती हो क्योंकि मैंने उसे मार दिया विक की बात सुनकर जोन की फट के फ्लावर हो जाती है जिसकी वजह ऐसी जोन पार्टी छोड़ कर यहाँ आने के लिए कहती है। अगली सुबह विक की फ्रेंड केली विक से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को मार रहे हो विक कहता है कि ये किसने कहा तब केली कहती है कि जोल ने पूरे टाउन में लोगों को बताया है कि तुमने मार्किन को मारा ये सुनकर विक कहता है कि मैंने तो जोल से सिर्फ मजाक किया था मैंने किसी को भी नहीं मारा विक की फ्रेंड बेडरूम में जाती है विक जब अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखता है तब ये काफी गुस्सा होता है मैलिडा वॉशरूम में जाती है इसलिए विक जोन के पास आता है जो कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने मार्थ आये हो न तो विक कहता है कि मैं तुम माफ़ी मांगने मार्थ नहीं आया बल्कि मैं तुझे ये बताने आया हूँ की माफी को मैंने भी हथौड़े मार मार उसे मार डाला इसलिए अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो तुझे पता है बात सुनकर जो इतना ज्यादा डर जाता है कि ये टाउन को छोड़कर कर यहाँ ऐसी भाग जाता है अगले दिन विक मलिंदा के साथ एक पार्टी में आता है पार्टी में विक डॉन एक आदमी से मिलता है जो कि एक टाइटर होता है डॉन विक से कहता है कि की सुना है कि तुम लोगों का ऑर्डर बना हो विक कहता है की वो सब एक अफवाह है इसलिए तुम उस पर ज्यादा ध्यान रख दो तो। पार्टी में विक एक लड़की के साथ डांस कर रहा था विक को किसी लड़की के साथ देख मलिंदा खुद आरोप काफी जलस फील करती है बातें करती है और घर पहुंचकर ये विक के साथ इंटरव्यूट हो जाती है अब कई दिन बीच जाते हैं एक दिन विक को पता चलता है कि मेलिंडा ने चार्ली नाम की एक को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है विक मेलिडा से चार्ली के बारे में पूछता है तब मेलिंडा कहती है कि हाँ ये चार्ली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है विक कहता है की तुम्हें चार्ली के साथ रहना नहीं चाहिए लेकिन मेलिंडा कहती है की ये चार्ली के साथ ही रहेगी क्यूँकी चार्ली इससे काफी अच्छा गुस्सा होता है विक फिर से मेलिंडा के साथ एक पार्टी में आता है इस पार्टी में चार्ली भी आया था चार्ली को देख मेलिंडा काफी खुश थी लेकिन विक का माइंड अबसेट हो जाता है रात में विक मेलिंडा और चार्ली को एक साथ देखता है जो स्विमिंग पूल में काफी एंजॉय कर रहे थे मेलिंडा और चार्ली को एक साथ देख विक गुस्से से खोलने लगता है विक यहां कुछ सोचता है कि तभी यहां पर बारिश होने लगती है बारिश की वजह से सभी लोग घर में जाते हैं अब विक बाहर अकेला ही था इसलिए मौका पाकर ये चार्ली को स्विमिंग पूल में ही डुबा उसे मार देता है चार्ली के मरने के बाद विक चुप पार्टी एंजॉय करने जाता है उधर मेलिंडा जब चार्ली को ढूंढती है तभी चार्ली को पूल में मरा हुआ देखती है ये देख मेलिंडा यहाँ चिल्लाती है तो कुछ लोग मिलकर चार्ली की बॉडी को फूल से निकालते हैं चार्ली अब मर चुका था इसलिए ऑफिसर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिलता इसलिए ये चार्ली की मौत को एक एक्सीडेंट मानते हैं मेलिंडा को विक पर शक था कि विक ने भी चार्ली को मारा है इसलिए मेलिंडा डॉन के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेटर को विक के पीछे लगाती है एक दिन विक इस इन्वेस्टिगेटर को मेलिंडा के साथ देख लेता है विक को जब पता चलता है की इस इन्वेस्टिगेटर को डॉन ने इसके पीछे लगाया है तब विक टॉन के घर आकर डॉन पर काफी गुस्सा होता है इसके बाद विक जब अपने घर आता है तब ये मेलिडा को फिर से किसी और लड़की के साथ देखता है इस लड़की का नाम टोनी होता है रात में विक मेलिडा को टोनी से फोन पर बात करते हुए देखता है दरअसल मेलिंडा टोनी के साथ ही शहर छोड़कर जाने वाली थी विक को जब ये सारी बातें पता चलती है तब ये काफी अक्सेट होता है अगले दिन टोनी विक के घर आता है टोनी को मेलिंडा के साथ देख हुए काफी गुस्सा होता है रोमांस करती है ये सारी चीजें देखकर विक का पारा गरम होने लगता है अगले दिन विक टोनी से मिलता है विक टोनी से कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ ऐसी तो कुछ दूरी पर एक प्रॉपर्टी को देखा है इसलिए क्या तुम उस प्रॉपर्टी को देखना चाहोगे टोनी प्रॉपर्टी देखने के लिए विक के साथ निकल पड़ता है विक टोनी को टाउन ऐसी बाहर ले जाता है कार ऐसी उतर ये दोनों पैदल चलते है टोनी जब आगे था तब तो विक इसे पत्थर मार इसे यहाँ ऐसी नीचे गिरा देता है ऊँचाई ऐसी गिरने आरोप टोनी मर जाता है विक अब नीचे आता है विक टोनी का पर्स निकालकर कर ये टोनी की बॉडी पत्थर से बांधकर उसे पानी में डुबा देता है इसके बाद विक वापस अपने घर आता है घर आकर विक अपनी बेटी के साथ डिनर तो करता है मेलिंडा अब विक से कहती है कि इसे आज घूमने जाना है इसलिए विक मलिंडा और अपनी बेटी को साथ में घूमने लेकर आता है विक मेलिडा को अपना एल्बम दिखाता है इस एल्बम में मेलिंडा की फोटोज की अपनी फोटोज देख मलिंदा खुश होती है विक देखता है कि इसकी बेटी खेलते हुए नदी के पास चली गई है विक अपनी बेटी के पास आता है ये वही जगह थी जहाँ पर विक ने टोनी की बॉडी को छुपाया था विक देखता है कि टोनी की बॉडी यहाँ दिख रही थी इसलिए विक जल्दी से अपनी बेटी और मेलिंदा को लेकर यहाँ से चला जाता है घर जाते समय मेलिंदा विक ऐसी कहती है की इसका साफ नहीं छूट गया है जहाँ ये रुके थे विक कहता है की कोई बात नहीं मैं कल लेकर उसे आ जाऊँगा घर आकर मेलिंदा शायद अपने ंडा सिदर गयी है अगले दिन विक्स जाता है उधर घर में मेलिंडा विक को ढूंढते हुए विक के कमरे में आती है मेलिंडा को यहाँ टोनी का पर्स मिलता है टोनी का पर्स देख मेलिंडा समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार दिया है मेलिंडा को कुछ समझ नहीं आता इसलिए ये डॉन को कॉल करके बताती है की विक ने टोनी को उधर विक भी उस जगह पहुँच टोनी की बॉडी वहां से हटाने लगता है विक बॉडी हटा ही रहा था कि तभी डॉन यहां आता है डॉन विक से कहता है कि ओ विक तुम यहां क्या कर रहे हो डॉन को देख विक थोड़ा सा डर जाता है विक कहता है कि इसकी वाइफ का स्कार नहीं आरोप रह गया था इसलिए वो उसे लेने ले आया है डॉन कहता है की स्का्फ तो यहाँ आरोप है तुम वहाँ क्या कर रहे हो डॉन विक बॉडी हटाते हुए देख लेता है जिसकी वजह से डॉन यहां से भागता है विक अपनी साइकिल से डॉन की पीछे जाता है डॉन भागते हुए पुलिस को कॉल करता है लेकिन घबराहट की वजह से ये पुलिस को कॉल नहीं कर पाता विक जंगल से शॉर्टकट लेकर डॉन के सामने आ जाता है डॉन विक को बचाने के चक्कर में ये अपनी कार आरोप का एक्सीडेंट कर देता है जिसकी वजह ऐसी डॉन यहाँ आरोप मच जाता है मलिंदा जान रही थी कि कितना दिख क्या करता है मलिंदा अब उसके साथ अच्छे से रहने लगती है और इसी के साथ हमारे